दोस्तों ये टीवी नहीं पूरी की पूरी एक दीवार है जी हाँ टीवी इतना बड़ा कि उसके सामने बंदा खड़ा इतू सा लगेगा दोस्तों एलजी कंपनी ने अपने होम सिनेमा लाइनअप के अंडर ये जॉइंट टीवी बेचना शुरू कर दिया है और इस टीवी को आप अगर कभी भी खरीदना चाहें तो आपको अपने पास दो चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी एक आपके घर में कोई इतनी बड़ी खाली दीवार होनी चाहिए जहाँ पे ये टी वी सके क्योंकि आपको पूरी की पूरी दीवार चाहिए होगी दूसरा सिर्फ सवा तेरह करोड़ रुपए जी हाँ ये इसकी कीमत है 325 सौ इंच के टी की एल जी का कहना है कि एटके का जो साइज होता है एटके के काफी टीवी मार्केट में मिल रहे हैं लेकिन अगर उसको आप सही से एंजॉय करना चाहते हैं तो ट्रू एक्सपीरियंस आपको इतने बड़े टीवी में ही मिलेगा तो खरीद लीजिए अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आगे भी बढ़ाइए थैंक यू